राय इसके आपको भी यह लगता है कि सदियों से चली आ रही कुप्रथाएं सिर्फ हमारे पूर्वजों की देन है तो जरा आप इस कहानी को ध्यान से सुनिएगा बहुत साल पहले की बात है कि गांव में एक बारात जा रही थी जिसमें सबसे आगे दूल्हे के दादाजी चल रहे होते हैं जो कि उस परिवार के मुखिया भी थे तभी अचानक से उन्हें सड़क पर एक मरी हुई बिल्ली दिखाई देती है और उन्हें लगता है कि अगर बाराती इस मरी हुई बिल्ली को देखेंगे तो उन्हें बुरा लगेगा। तो वो अपने का इंतजाम करो अब परिस्थिति से अंजान बेटा तुरंत जाता है और एक टोकरी लाकर दादाजी को दे देता है दादाजी बिल्ली पर टोकरी रख देते हैं और फिर बारात को आगे जाने का आदेश दे देते हैं अब होता कुछ यूँ है कि सालों बाद वो बेटा अपने पिता की जगह दादा बन चुका होता है और अपने नाती की शादी में सबसे चल शुरू होती है और इसीलिए गलती हमेशा पूर्वजों की नहीं होती उसे समझने और शुरू करने वाले की होती है सोच गूगल को एक छोटी सी गलती की वजह से आठ लाख करोड़ का नुकसान हो गया कैसे चलिए जानते हैं गूगल ने कुछ दिन पहले ही चैट टेस्टिंग की गई, तो तो से एक सवाल पूछा गया कि कि कि की की सबसे पहली तो की सबसे पहली पिक्चर, JWST, सबसे पहली पिक्चर पिक्चर किसने ली थी? ने इसका जवाब दिया जेम्स वेब स्पेस अपने बस इसी चक्कर में गूगल को 100 अरब डॉलर्स यानी कि 8 लाख करोड़ का नुकसान हो गया है अब आप ही सोचिए कि एक छोटी सी गलती कितनी भारी पड़ सकती है वैसे आपको क्या लगता है कि गूगल इस बड़े नुकसान के बाद अब बाढ़ को मार्केट में किस अपडेट के साथ उतारेगा कमेंट सेक्शन में जरूर